नमस्कार दर्शकों स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल एस्ट्रोवी पे दिनांक 6 अगस्त 2018 का दैनिक राशिफल फल राशि भविष्य क्या कहती है और मेष से लेकर मीन राशि तक के जो हमारे जातक के वीडियो देख रहे हैं उनके लिए शुभ उपाय क्या हो सकता है तो अधिक समय ना लेते हुए दर्शकों चर्चा को आगे बढ़ाते हैं पंचांग पर दृष्टि डालते हैं तो हमारा ये जो पंचांग है ये नई दिल्ली को मानक मान करके बनाया गया है और सूर्योदय की यदि हम बात करें तो प्रातः पांच बजकर पैंतालीस मिनट पर सूर्योदय होगा सूर्यास्त होगा शाम को उन्नीस बजकर आठ मिनट पर राहुकाल की बात कर लेते हैं एक ऐसा काल रहेगा एक ऐसा समय रहेगा कि इस दौरान शुभ कार्यों को आपको नहीं करना है तो प्रातः सात बजकर अट्ठाईस मिनट से नौ बजकर सात मिनट तक की जो समय रहेगा ये हमारा राहु काल का रहेगा तो शुभ कार्यो को यदि करना हो तो आप अमृत काल में कर लीजिएगा ग्यारह से तेरह 21 मिनट तक का समय अमृतकाल का रहेगा सभी कार्यों की इसमें आप सिद्धि कर सकते हैं और दर्शकों तिथि की यदि आज हम बात करें कृष्ण पक्ष चल रहा है श्रावण मास है कृष्ण पक्ष की नौवीं तिथि रहेगी नौ बजकर छप्पन मिनट तक की इसके बाद दसवीं तिथि लग जाएगी और कृतिका नक्षत्र रहेगा सूर्य का नक्षत्र है चौदह मिनट तक की इसके बाद रोहड़ी नक्षत्र लगेगा जी हाँ रोहड़ी चंद्रमा का नक्षत्र है तो 14 बज के आठ मिनट के बाद रोहिणी नक्षत्र लग जाएगा और दर्शकों कल जो चंद्रमा रहेगा वृषभ राशि में ही गोचर करेगा और एक बात और बता दें नवमी तिथि के बारे में हमने आपको कल भी देखिए बताया था कि कद्दू इसको जो है कहीं कहीं काशी फल भी बोला जाता है कोहड़ा भी बोला जाता है अपने पूर्वांचल में सीताफल भी बोला जाता है तो कद्दू का जो है वन नवमी तिथि में नहीं करना चाहिए और दसवीं भी देखिए लग जाएगी तो दसवीं तिथि के दिन दर्शकों परवर न खाया जाता है न इसका दान दिया जाता है ये दोनों वर्जित माना जाता है नवमी तिथि थोड़ी सी कष्टकारी रहती है खास करके जो है अगर ये कृष्ण पक्ष की हो और मध्यम फलदाय मानी जाती है शुक्ल पक्ष में आज यदि हम दिशा की बात करें तो आज सोमवार का दिन है तो पूर्व दिशा की ओर दिशा रहेगा यदि बहुत ही ज्यादा अति आवश्यक है निकलना तो आप दर पर देख करके और घर से कुछ प्रस्थान निकाल के कहीं रख दीजिएगा उसके बाद ही प्रस्थान करिएगा अच्छा रहेगा तो ये तो था दर्शकों हमारा पंचांग चलिए राशिफल पर आते हैं देखिए शुभम मित्रा जी पाए लगी तो शुभम जी नमस्कार सभी लोगों को हमारा नमस्कार और स्वागत है आप सभी का आपके चैनल एस्ट्रोबीदासीज पे सचिन जी लिखते हैं बड़े भैया सादर प्रणाम तो सचिन जी बहुत बहुत आपको नमस्कार बहुत आगे बढ़ें बहुत उन्नति करें मेष राशि की चलिए हम बात करते हैं कि आज का राशिफल मेष राशि वालों के लिए कैसा जाएगा तो पैसों से जुड़े कई मामले आज आपके सामने आते हुए नजर आएंगे आज आमदनी के मुकाबले खर्च बहुत ज्यादा होगा अपने खर्चों पर आज आपको कंट्रोल करने की जरूरत है टेक्नोलॉजी से जो है जुड़ा कुछ आप गैजेट हो सकता है आज आप परचेज कर ले नया वाहन क्रय करने का भी आज योग बन रहा है कोर्ट कचहरी के, के मामलों में आज थोड़ा सा आपको जो है संतुलन की स्थिति बनाकर चलना पड़ेगा इसके साथ साथ जीवन साथी के साथ कुछ आज वैचारिक मतभेद भी जो है संभव है प्रिय दर्शकों जो मेष राशि के हमारे दर्शक हैं इनके लिए एक और बताना चाहेंगे कि आज यदि संभव है तो किसी से पार्टनरशिप में कोई कार्य मत करिएगा और किसी को आज आपको धन भी नहीं देना है अगर धन देंगे तो आपका धन फस जाएगा। तो इससे आपको आज बचना है करना क्या है आज, आज आपको उपाय तो उपाय के तौर पर जो है प्रातःकाल जल्दी उठकर अर्घ देना है भगवान देव को जल में रोली डाल करके ये उपाय करना रहेगा रेड कलर आपका शुभ कलर रहेगा अंकेक आपका शुभ अंक रहेगा और आपको जी नाम और एम नाम के लोगों से बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है तो मेष राशि के जातको आपका तो राशिफल आप चलिए अब राशि भविष्य क्या कहती है तो वृषभ राशि के जो हमारे जातक की वीडियो देख रहे हैं आज बहुत सारी योजनाएं आपके मन में विचार में आएंगी हर मामले में आज बहुत पेशेंस रखना होगा धैर्य रखना होगा स्थितियां अपने आप अनुकूल होंगी इस दौरान आपको कई चीज जो है कई राज की बातें भी पता चलती हुई नजर आएंगे। बिजनेस में आज प्रोग्रेस होगी तरक्की होगी अधीनस्थ लोगों और अधिकारियों से अच्छा सहयोग मिलेगा वैवाहिक जीवन में मधुरता आएगी जीवन साथी से सहयोग प्राप्त होगा आज कोर्ट कचहरी के मामलों में भी ठीक स्थिति है विजय प्राप्त होते हुए दिख रहे हैं लेकिन आज आप कुछ स्वास्थ्य को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान रहेंगे उलझने आपके सामने आएंगे तो स्वास्थ्य का बहुत ही विशेष आपको ध्यान रखना पड़ेगा आज परिवार में हो सकता है कि भाई बहनों से कुछ जो है गहमा गहमी हो जाए तो इससे आपको आज बचना है किसी से बात विवाद बिल्कुल नहीं करना है चलिए आपके लिए हम बताए दे रहे हैं उपाय क्या करना है तुलसी का पौधा आज आपको धर्म स्थान पर लगाना है ले जाके और भगवान भोलेनाथ पर जल से अभिषेक करिएगा ब्ल्यू नीला रंग आपका शुभ कलर है अंक दो आपका शुभ अंक है के लोगों से बचकर रहना है आपको आज जेमिनी मिथुन राशि आज का राशिफल राशि भविष्य क्या कहती है तो आपको कामकाज में आज अच्छी सफलता मिलती हुई नजर आ रही है फायदा होगा आज आप अपनी बात बिल्कुल स्पष्ट और साफ तरीके से रखिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा दूसरे पक्षों की बात भी आज आप ठीक ठाक अच्छे से समझिएगा ठीक रहेगा परिवार और ऑफिस में अनिश्चितताओं का माहौल खत्म हो सकता है आज अचानक यात्रा और फायदों का योग बन रहा है घर परिवार के मामलों पर समय देना होगा महत्वपूर्ण कामों पर नजर रखें आपका बिजनेस आज अच्छा चलेगा स्मूथ चलेगा प्रोफेशन में सफलता मिल सकती है दांपत्य जीवन में मधुरता रहेगी विवाह योग्य लोगों को वैवाहिक प्रस्ताव मिल जाएंगे आज कुछ मामलों में आज हो सकता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल कमजोर रहे तो इससे आपको पहले से ही अलर्ट रहना है मिथुन राशि के जो जातक हैं आज करना क्या है हनुमान चालीसा का पाठ करना है अब हनुमान चालीसा पे अगर आ ही गए हैं तो आपका दो मिनट हम समय यहाँ पर ले लेते हैं हनुमान चालीसा का आपको पाठ करना है। कई लोग कमेंट करके पूछते हैं कि आशीष जी हम महिला हैं स्त्री हैं क्या हमें इसका पाठ करना चाहिए आपकी क्या राय है तो हमारी राय बिल्कुल स्पष्ट है और इस प्रश्न का उत्तर तो आपको जो है अगर कायदे से पढ़ते होंगे तो हनुमान चालीसा में ही आपको मिल गया होगा उसमें चौपाई आती है कि जो यहा पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साखी गौरी सा जो यहां पढ़े हनुमान चालीसा हनुमान चालीसा में कहीं नहीं लिखा है कि पुरुष पढ़े स्त्री पढ़े या एस पढ़े एस पढ़े जर्नल पढ़े ओबीसी पढ़े जो यहां पढ़े हनुमान चालीसा बात समझिएगा कोई भी इसका पठन पाठन श्रवण कर सकता है और इसकी गवाही कौन दे रहा है देखिए एक एक दोहा अगर तुलसीदास जी का देखा जाए ना तो उस पर पीएचडी हो सकती है बहुत छोटी बात है पीएचडी करना उनके एक दो एक-एक शब्द पे पीएचडी हो सकती है यह बहुत बड़ी बात अपने में होगी तो उसी में इसका जवाब है कि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साखी गौरीसा जिसकी मर्जी हो जब मर्जी हो तब पढ़े और हो सिद्ध साखी गौरिसा इसकी गवाही कौन दे रहा है इसकी सिद्धिता की गवाही कौन दे रहा है गौरीसा अर्थात कहते नहीं है गौरीसा मतलब होता है गौरी जी के पति अर्थात भगवान शिव तो ये उसकी गवाही दे रहे हैं तो हो सिद्ध साखी गौरीसा बहुत बड़ी अपने आप में पाठ है तो हनुमान चालीसा का मिथुन राशि के जातकों को आज पाठ करना होगा शुभ कलर की बात करें तो पिंक कलर आपका शुभ कलर है अंक एक आपका शुभ अंक है एक ही मिनट हमने लिया बहुत ज्यादा समय नहीं लिया देखिए आप भी तर्क दीजिए लोग पूछें ना आप महिला हैं बहुत पंडित लोग पूछते हैं बहुत ज्ञानी लोग पूछते हैं आप रे बाप पंडित लोग डरा देते हैं कहाँ पढ़ गई आप लोग ना ना ना ना अरे हनुमान जी पटकेंगे अगर महिला हनुमान चालीसा पढ़ लेंगे उनको कहिएगा कि हनुमान चालीसा में ही लिखा है कि कोई भी इसको पढ़ सकता है ये रही इसकी चौपाई भाई हनुमान चालीसा तो हमने लिखी नहीं, नहीं कि हनुमान चालीसा लीजिएगा कि पंडित जी जरा अपनी हनुमान चालीसा निकाल दीजिए उन्हीं को वो दिखा दीजिएगा दोहा कि पंडित जी इसमें तो लिखा है जो यहाँ पर है हनुमान चालीसा तो क्यों आप हमको रोक रहे हैं महिलाओं को बहुत अधिकारों से वंचित इस समाज ने कर लिया है कुछ लोग अब बात इस पर चली रही है तो चलिए आज खुल के बात कर लेते हैं कई लोग कहते हैं कि महिलाएं बहुत इनको नहीं पढ़ना चाहिए अशुद्धि होती है फलाना धमाका सब कुछ बोलते हैं कई पंडित लोग कहते हैं अरे आप लोग दूर रहिएगा बजरंगबली से आखिर में बजरंगबली भी तो किसी के पुत्र हैं वो भी तो किसी के माँ के कोख से जन्म लिए हैं अंजनी उनकी माँ ही तो है और पंडित जी से ये भी कह दीजिएगा कि आप बहुत अशुद्धि शुद्धि कहते हैं तो आप भी तो किसी के माँ के गर्भ से जन्म लिए हैं आसमान से आप नहीं टपके हैं या आपका कोई अवतार प्रकट नहीं हुए हैं पंडित लोगों को बहुत स्पष्ट शब्दों में आप लोग देखिए बताइए ऐसे काम चलने वाला नहीं हम अकेले क्रांति नहीं लाएंगे इस क्रांति को लाने के लिए आप सभी लोगों का हमको बहुत सहयोग चाहिए हमारे पास पंडित लोगों के फोन आते हैं अरे आप हम लोगों के बारे में ऐसा बोलते हैं वैसा बोलते हैं क्या बोलते हैं जो सही हो है, बोलते हैं ना क्या राहु केतु के नाम पे लोगों को डरा रहे हो काल सब दोस्त के नाम पे सनी के नाम पे डराते हो कुछ नहीं होता है केवल आप लोगों को डराएंगे आपसे पैसे ऐठेंगे इससे आप लोगों को बचना है और बाकी मर्जी आपकी पैसा देना है दीजिए क्या करना टोटका उठका ये कर लीजिए वो कर लीजिए आज एक का फोन आया था बात हुआ था प्रेम विवाह के लिए वो पचास हजार रुपए अभी तक लगा चुके थे और उस लड़की की शादी किसी दूसरे के साथ हुई अगर मन इतनी शक्ति होती ना पंडितों में तो क्या कहने थे अब आप खुद समझ लीजिए इसका अंदाजा लगा लीजिए कुछ नहीं होता आप लोग गलत चंगुल में मत फसीयेगा और हनुमान चालीसा सब कोई पढ़े महिलाएं पढ़े माताएं बहने जो पढ़ सकता हो कुछ लोगों को पूजा का अधिकार भी छीन लिया जाता है इस देश में बहुत ही कष्टकारी वो बात है एक मानव की संतान सब है कोई छोटा कोई बड़ा नहीं आप सभी लोग पढ़िए और जोर जोर से पढ़िए पंडितों के सामने बैठ के पढ़िए उनको चिढ़ाकर पढ़िए मंदिर में जाके और कोई पूछे तो ये प्रूफ अब दिखा दीजिएगा जो हमने आपको बताया है कि अरे हनुमान चालीसा में ही लिखा है कि जो यहाँ पढ़े हनुमान चालीसा हो सिद्ध साखी गौरिसा इसमें अगर महिलाओं की मनाही होती तो इसमें तो पुरुष का नाम दे दिया जाता कि केवल इसमें पुरुष ही पढ़े बस काम खत्म आपका चलिए कर्क राशि की ओर बढ़ते हैं दिन बहुत ही अच्छा है सोच विचार करके फैसले लीजिएगा फायदेमंद साबित होगा अमित जी लिखते हैं राम राम अमित जी राम राम भरोसेमंद दोस्तों की मदद या सलाह आज आपके बहुत काम आएगी दूसरों की मदद के मौके मिल सकते हैं आज आपके लिए कुछ लाभकारी सौदा होता हुआ नजर आ रहा है इसको आपको कैच करना है जीवन साथी से सहयोग मिलेगा टूट चुके संबंधों को जोड़ने में आज आप सफल होंगे आज आपको सावधान रहना होगा किसी फैसले स्थिति में तब तक शामिल ना हो जब तक उसे ठीक से समझ न ले सारे विकल्पों पर विचार करें थोड़ा मानसिक दबाव है परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है आज करना क्या है आपको पीली मिठाई किसी गरीब को देना है खाने को और इसके बाद भगवान भोलेनाथ पर दुध से अभिषेक दुग्ध अर्थात दूध दूध से अभिषेक करना अब आप पूछेंगे कैसा दूध कई चीज है आप लोगों को उपाय बताते हैं तो गाय का भैंस का अरे साहब अमूल का हो पराग का हो जो हो बस आपके अंदर श्रद्धा होनी चाहिए श्रद्धा वानम लगते ज्ञानम श्रद्धा से ही ज्ञान की भी प्राप्त होती है और श्रद्धा से ही भक्ति की भी प्राप्त होती है ये चढ़ा दीजिएगा व्हाइट कलर आपका शुभ कलर रहेगा अंक चार आपका शुभ अंक रहेगा आपको सी नाम ए नाम के लोगों से बहुत आज एलर्ट रहने की जरूरत है लियो सिंह राशि आज कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा धन और परिवार संबंधित कोई बहुत बड़ा काम हो सकता है किसी से मिलने का समय भी आज हो सकता है किसी खास व्यक्ति से आज मीटिंग होगी और उसका नतीजा आज आपके फेवर में आ सकता है कारोबार के लिए यात्रा फायदेमंद होगी नौकरी में जिम्मेदारी कामकाज और पद प्रतिष्ठा की बढ़ोतरी दिख रही है आपको स्थितियां आज कुछ समझ में आएंगी किसी भी काम में कोशिश करेंगे तो सफलता मिलेगी विचार विमर्श में आज आपको बहुत सारा समय देना होगा संतान से कोई अच्छी खबर भी मिलने का योग बन रहा है नकारात्मक विचारों में फंसकर आप अपना नुकसान आज कर सकते हैं इसलिए नकारात्मक विचारों से आज, आज आपको दूर रहना है आपके उत्साह में कमी या सुस्ती भी कुछ महसूस होगी करना क्या है रोटी लीजिएगा रोटी पर सरसों का तेल और थोड़ा सा नमक लगा लीजिएगा और कौ को आज आपको डाल देना है शुभ कलर की बात करें तो ग्रीन कलर आपका शुभ कलर है अंक चार आपका शुभ अंक है आपको ई नाम और वी नाम के लोगों से अलर्ट की आवश्यकता है कन्या राशि आज का राशिफल राशि भविष्य क्या कहती है तो आज ऑफिस में आप हर काम को बारीकी से पूरा करने की कोशिश करेंगे जो भी योजना या इरादा है उस पर कदम उठाने के पहले एक बार अच्छे से सोच समझकर विचार कर, कर लें। जरूरत पड़ने पर किसी तरीके का आज बदलाव करने में भी संकोच ना करें कार्य क्षेत्र में जो भी रुकावटें आ सकती हैं उनसे कुछ नया सीखेंगे कुछ बातों को आज गुप्त रखें तो बहुत अच्छा है जीवन साथी के साथ संबंध मधुर रहेगा विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा समय है कंसंट्रेट होकर पढ़ाई करिए किसी प्रकार की चिंता या घबराहट से यदि आज आपका मन अशांत रह रहा है तो योग प्राणायाम का सहारा लीजिए लाइफ योगा सूत्रों पर जाइए चैनल है शिवम जी का बहुत अच्छा उस पर जो है क्रिया ये सब बताई गई है फालतू खर्च होंगे इससे आज आपको बचना है आज देखिए घर के अंदर से आपको लोहे जितने भी कबाड़ की चीजें हैं उसको निकाल फेंकी घर से बंद खड़ी हो सेल डाल दीजिए चलने लगे और जितनी चीजें बेकार हो इलेक्ट्रॉनिक चीज खराब रेडियो पड़ा हुआ है कोई टॉय पड़ा हुआ है सब हटाइए कूड़ा कबाड़ कुछ नहीं रखा है और कन्या राश के जो हमारे जातक है इनके लिए आज एक उपाय बताए दे रहे हैं बरगद के वृक्ष पर आज इनको दूध चढ़ाना रहेगा ग्रीन कलर शुभ कलर है अंक छे आपका शुभ अंक है आपको जी नाम आई नाम के लोगों से अलर्ट रहना है चलिए लिब्रा तुला राशि आज का राशिफल राशि भविष्य क्या कहती है तो ऑफिस में आज बहुत चुनौतीपूर्ण स्थितियां रहेंगी कुछ फायदा होता हुआ आज आपको नजर आएगा रोजमर्रा के काम भी आज आसानी से पूर्ण होंगे पार्टनर से सहयोग मिलेगा और फायदा होगा आज, आज आप अपने जितनी भी बातें गोपनीय है कुछ खुलती हुई नजर आ रही इससे बच के रहना उच्चाधिकारियों से कुछ झड़प होती हुई दिख रही है मानसिक रूप से बहुत ही परेशान रहेंगे क्योंकि कारण इसका रहेगा जीवन साथी के साथ आज उनके स्वास्थ्य में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव संभव है बिजनेस में विरोधी आज, आज आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे इससे आज, आज आपको बचना रहेगा जीवन साथी की कोई बात आपको गुस्सा दिला सकती है क्रोध दिला सकती है तो संभल कर रहना है क्रोध पर अपने संयम रखिएगा करना क्या है आपको भी देखिए हनुमान चालीसा का पाठ करना है अब मत पूछिएगा कि कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता है तर्क के साथ जो यहाँ पढ़े हनुमान चालीसा हो सिद्ध साखी गौरी सा, जो यहां पढ़े कोई भी इसको पढ़े महिला पुरुष कोई भी पढ़े तो शुभ कलर की यदि आज हम बात करें तो ऑरेंज कलर आपका शुभ कलर है अंक दो आपका शुभ अंक है और बी नाम ए नाम टी नाम इतने लोगों से आज आपको देखिए बचना है तीन लोग पता बी ए टी बैठ बैठ याद रखिएगा स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि आज का राशिफल राशि भविष्य क्या कहती है तो आगे बढ़े उससे पहले क्या आप दिल्ली से हैं अगर दिल्ली से हैं तो मिल सकते हैं 18 और 19 अगस्त को नई दिल्ली में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया ही गया है शिवम जी आपका फ़ोन उठाएंगे उनसे आप अपॉइंटमेंट अपनी बुक कर सकते हैं कुछ सीटें अभी खाली हैं ले सकते हैं आप तो वृश्चिक राशि की यदि हम बात करें तो कोई नई योजनाएं आज बन सकती हैं आज बिजनेस में कुछ आप प्लानिंग करेंगे जो दूरदर्शी आपको परिणाम दे धन लाभ का योग दिख रहा है खुद को आर्थिक तौर पर आज मजबूत करने की सुदृढ़ करने की कोशिश करेंगे कुछ मामलों में असफलता नहीं मिलने से आप परेशान रहेंगे दिन भर किसी ना किसी बात को आप टेंशन हो सकती है आज आपकी कोई राज की बात उजागर हो सकती है संभल कर रहे अपनी उम्र से बड़े लोगों या अधिकारियों के साथ गलतफहमी हो सकती है आपके हित में नहीं रहेगी किसी से ज्यादा बहुत ज्यादा मत बोलिएगा झूठे वादे मत करिएगा वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव देखिए आज देखने को मिलेगा लेकिन हाँ यदि अगर अभी तक आप अविवाहित हैं तो विवाह के नए प्रस्ताव भी मिलेंगे प्रेम संबंधों में भी सफलता आपको मिलेगी करना क्या है आज आपको तो मीठी पूड़ी बनवा लीजिएगा घर में या मीठी मिठाई कोई भी जो है मीठा ले लीजिएगा पदार्थ वो आपको बंदरों को आज डालना रहेगा आपके लिए लाइट ऑरेंज कलर बहुत शुभ रहेगा भगवा कलर कह लें इसको और अंक छह आपका शुभ अंक है आई नाम ई नाम और एम नाम के लोगों से आपको बहुत ज्यादा बचना है चलिए सेजिटेरियस अर्थात धनु राशि तो आज का राशिफल राशि भविष्य क्या कहती है आज बहुत ज्यादा जो आप अब तक सिमटे हुए नजर आ रहे थे आज फ्रीडम आप महसूस करेंगे आजादी अरे हम बिल्कुल आजाद हो गए कामकाज के मामलों में ज्यादातर समस्याएं आज सुलझती हुई नजर आएगी कुमार आदेश नमस्ते भैया कुमार जी बहुत बहुत नमस्कार आपको कोई भी काम आप आज सोच समझकर करेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा आज आपको फायदा होता हुआ नजर आएगा कोर्ट कचहरी के, के मामलों में आज आपको अच्छी सफलता मिलती हुई नजर आएगी जमीन जायदाद से भी जुड़ा कोई लाभ आज आपको हो सकता है परिवार का सहयोग भी मिलेगा आपको अपनी प्लानिंग से सक्सेस मिलेगी आपको ऐसे मौके मिल सकते हैं जो घर के बाहर आपकी सक्रियता को सबके सामने लाने में मदद करेंगे अपना व्यवहार और सोच सकारात्मक रखें संतान और परिवार वालों के साथ अपने संबंधों पर आज आपको ध्यान देना होगा आज सितारे आपको कंफ्यूज करेंगे क्या करें क्या ना करें ये भी काम कर लें वो भी काम कर लें इससे आज, आज आपको बचना है योग का सहारा लीजिएगा प्राणायाम का सहारा लीजिएगा कैसे लेना है आप लाइव योगा सूत्र चैनल है उस पर जाकर देख सकते हैं करना क्या है आज आपको गाय को आटा खिलाना है शक्कर डाल के और येलो कलर आपका शुभ कलर है अंक दो आपका शुभ अंक है आपको एन नाम आर नाम और एम नाम एन एम आर इन तीन तीन नामों से अलर्ट रहना है चलिए कैप्रिकॉन की ओर बढ़ते हैं मकर राशि की ओर बढ़ते हैं आज का राशिफल राशि भविष्य क्या कहती है तो आज लिए जाने वाले फैसलों पर कुछ कंफ्यूजन की स्थिति बढ़ेगी उच्च अधिकारियों से भी आज आपका विवाद होता हुआ नजर आ रहा है कार्य क्षेत्र पर हो सकता है कि आज आपको कोई धोखा दे चीटिंग दे वाहन बहुत सावधानी पूर्वक आज आपको चलाना रहेगा जीवन साथी के साथ संबंध में आज आपको बहुत ज्यादा मधुरता बनाए रखनी होगी वहीं पर अपने संतान पक्ष से भी कुछ हो सकता है आज आपका व्यवहार जो है रूखा रूखा रहे उनको आप डांट फटकार लगाएं तो इससे आज, आज आपको बचना रहेगा बहुत ज्यादा किसी पर भरोसा करना ठीक नहीं है और किसी के भरोसे कोई काम मत करिएगा अन्यथा दिक्कत किसी की सलाह पर मत अपनी अंतर आत्मा की सुनिएगा तब आप कोई कार्य करिएगा करना क्या है आज आपको आज गौरी जी के मंदिर में आपको सुहाग की सामग्री दान करनी होगी चूड़ी हो गया बिंदी हो गया लिपस्टिक हो गया सुहाग की सामग्री आप बहुत अच्छे से जानते हैं ब्राउन कलर शुभ कलर है अंक 6 शुभ अंक है आर नाम, ए नाम और एम नाम के लोगों से अलर्ट रहना है कुंभ राशि आज का राशिफल राशि भविष्य क्या कहती है देखिए सभी जो दर्शक देख रहे हैं इन लोगों को हाथ जोड़कर बहुत बहुत राम राम सागर जय श्री कृष्ण हमारा लगभग परिवार 100 के का होने वाला है 800 या 700 जो भी कम है संख्या वो कल तक हो जाएगी तो बड़ा सा सेलिब्रेट करेंगे आपको भी मजा आएगा हमको भी मजा आएगा लेकिन ये जो सेलिब्रेट रहेगा बुरा मत मानिएगा हम यहाँ पर किसी आर्थिक दृष्टिकोण से किसी की तुलना नहीं कर रहे हैं आर्थिक रूप से जो अच्छम लोग हैं उनके लिए कुछ हमारा ये विशेष रहेगा जिनके पास है ईश्वर दे रहा है तो उनको और दे लेकिन जिनके पास नहीं है उनकी कुछ हेल्प हमको करने दीजिएगा इसकी घोषणा हम जल्द करेंगे जो भी हमारे ज्ञान का भंडार है आप सब लोग ले लीजिए कोई मनाही नहीं है लेकिन जो अच्छा हम लोग हैं आर्थिक रूप से अभी उनके पास नहीं उतना ज़्यादा धन है तो प्लीज़ उनकी कुछ हेल्प करने दीजिएगा आप लोग ईमानदारी इसमें दिखाइएगा क्या है ये हम आपको जो है जल्द ही बताएंगे बने रहिएगा दर्शकों हमारे साथ तो कुंभ राशि की यदि हम बात करते हैं तो आज खुद को संतुलित करिएगा बैलेंस करिएगा आज आप हर स्थिति में अपना भावनात्मक संतुलन बनाने की कोशिश करेंगे और इसमें काफी हद तक आज आप सफल होते हुए नजर आएंगे आज खुद को शांत रखिएगा योग करिएगा भ्रामरी प्राणायाम करिएगा कैसे करना है इस तरीके से कान पर हाथ रखे ओ... हमने एक डेमो दे दिया है आप लाइफ योगा सूत्रा पर या इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा जितना ज्यादा भ्रामरी प्राणायाम आप करेंगे मन आपका बहुत शांत रहेगा तो कुंभ राशि के जातकों को आज विशेषकर आपको जो है शांत रहना है इसके बाद पारिवारिक मामलों पर आज काफी ध्यान देना रहेगा जीवन साथी के साथ बहुत ही ज़्यादा आज कुछ अनबन हो जाएगी पिता के स्वास्थ्य को लेकर आज आपका बजट असंतुलित होता हुआ यहाँ पर दिख रहा है लेकिन जो प्रेमी लोग हैं प्रेम प्रस्ताव उनको मिलेंगे गंभीरता से लीजिएगा प्रेम का मौका बहुत छोटे छोटे अंतरालों में मिलेगा निवेश से फायदा होगा पार्टनरशिप में कोई पेपर साइन करने से पहले एक बार बहुत अच्छे से केयर करके उसको पढ़ लीजिएगा तो ये तो था उपाय कुंभ राशि के जातकों को आज ब्राह्मण को यज्ञो का दान जने जिसको बोलते हैं इसका आज आपको दान देना होगा और शुभ कलर की बात करें तो ब्लैक कलर आपका शुभ कलर रहेगा आर नाम यू नाम इस नाम के लोगों से बहुत ही अलर्ट रहने की जरूरत है चलिए अंतिम राशि की ओर बढ़ते हैं पाइसेस अर्थात मीन राशि आज का राशिफल राशि भविष्य क्या कहती है तो परिवार के मामलों में आज नई जिम्मेदारी आप निभाते हुए नजर आएंगे कुछ खरीदारी परचेजिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं कोई पुरानी देनदारी भी आप निपटा सकते हैं आज आपको किस्मत का साथ मिल सकता है धन लाभ के योग हैं रुका हुआ पैसा मिलेगा बिजनेस में धन लाभ की आज अधिक संभावना है अधिकारी आज, आज आपसे प्रसन्न होंगे मीठा बोलकर आज कुछ आपसे काम भी उच्चाधिकारी पूरा करवाते हुए नजर आएंगे आज में कुछ ग्रोथ मिलेगा यदि अभी तक आप बेरोजगार हैं तो नए है। है। बड़ा निवेश करने से आज, आज आपको बचना है बिजनेस में धन लाभ होगा का, काम की गति थोड़ी सी सुस्त होगी मंद होगी वही आपको मौसम से संबंधित जो है मौसमी बुखार हो सकता है तो इससे आज आपको बचना रहेगा धर्म स्थान पर किसी किसी मंदिर पर आज आपको केले का दान देना रहेगा कम से कम एक दर्जन केला आप दे सकते हैं बाकी आपकी श्रद्धा है अगर नहीं एक दर्जन कर पा रहे हैं आप एक केला रखिएगा ले जाके धर्म स्थान पर मंदिर पर रखाइएगा येलो कलर आपका शुभ कलर है अंक छे आपका शुभ अंक है इस नाम क्यू नाम जेड नाम के लोगों से बहुत बचना है जफर हो गए जमीर हो गए कई ऐसे नाम हैं एग्जाम्पल दे दिए तो इनसे आपको बचना है और उपाय हमने आपको बता ही दिया है तो दर्शकों ये तो था मेष से लेकर मीन राशि तक का जो है उपाय अब दर्शकों चूंकि सावन का सोमवार है तो हम आपको आज विशेष उपाय बताए दे रहे हैं भगवान जो है शिव की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए श्रावण मास में दर्शकों आज करना क्या है भगवान शिव जी को सभी राशि के लोग कर सकते हैं कच्चा दूध मधु अर्थात शहद काला तिल बिल्व पत्र शमी पत्र और पंचामित्र पंचामृत बना लीजिएगा पंच अमृत इसको शिवलिंग पर चढ़ाने से भगवान शिव की आज आपको कृपा मिलेगी घर में कोई रोगी नहीं होगा और समस्त मनोकामनाओं की सिद्धि इस श्रावण मास आपके लिए अच्छा रहेगा देकर जाएगा और हमने आपको बताया आज आप परवर और कद्दू ये दो चीज नहीं खाइएगा तो ये तो था देखिए विशेष उपाय और हनुमान चालीसा का पाठ अब सभी लोग करिएगा कोई ये मत पूछेगा कि हनुमान चालीसा कैसे है कितनी बार क्या करना है पढ़ना है इस चीज़ को अब हमने आपको तर्क के सहित दे दिया है तो ऐसे हम नए नए तर्क नए नए शोध लाते रहेंगे आपको ये हमारा प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट के माध्यम से सुझाव के माध्यम से हमको पहुँचाते रहिए जो भी कमी हो बेसी हो अगर कुछ हमसे भूल भी हो जाती है तो अपना जो है पुत्र भाई दोस्त मित्र जो भी है और प्लीज़ पंडित जी गुरु जी ये सब मत बोला करिए सीधे कहिए ना एस्ट्रोबिदासीस है हम यहाँ पर आपको केवल एस्ट्रोलॉजी का कॉन्सेप्ट आपको दे रहे हैं कोई हम यहाँ पर गुरु की पदवी लेने नहीं बैठे हैं गुरु की गद्दी लोग आए हमारा पैर छुए ये सब हमको कुछ नहीं चाहिए बिल्कुल नॉर्मल हैं आप ही जैसे हैं बस आप लोगों को भटकने से बचाना ये हमारा एक उद्देश्य है लक्ष्य है जो पंडित लोग इसको जो है मार्ग बना लिए हैं ज्योतिष का बहुत ज़्यादा पूजा पाठ का फर्जी की जो है साधनाएँ बता देते हैं तो इन सबसे दर्शकों देखिए हमारा साधनाएं होती हैं लेकिन अच्छे गुरु के संपर्क में जाके होती आजकल देखिए ना आप साधनाओं के लिए एक लाख दो लाख रुपये आपसे जमा करवा लेंगे यहां बुला लेंगे वहां बुला लेंगे कुछ नहीं होता है दर्शकों केवल वो अपनी जेब भर रहे हैं और आप लोगों के पास भी पैसा बहुत अधिक है तो आप लोग भी दे रहे हैं तो इन सबसे दर्शकों आपको बचना रहेगा राहू केतु डरवा देंगे काल सर्प दोष ज्योतिष में कहीं इसका वर्णन ही नहीं कि कोई काल सर्प दोष भी होता है सनी की चल रही है साढ़े साथ चल रही है अरे साढ़े मतलब बोलते हैं तो अरे आपके ऊपर तो कंटक ढैया है, है इतना आपको डरवा देंगे भली आ, भले सनी आपका कुछ ना बेकार करे लेकिन आपकी सोच से वो पंडित जी इतना आपके विचार में भर देंगे की खुद ही आप अपने शरीर के लिए ही बि होने का, का काम कर रहे हैं तो इससे आप लोगों को बचना है अरे ठीक है ढैया है परमात्मा के शरण में चलेंगे ग्रह नक्षत्र बहुत छोटी चीज होते हैं समझे असली जो है किसी के पास शक्ति है तो ऊपर बैठा हुआ हमारा वो परमात्मा है वो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं जिनके अंदर तीनों से पूरे जो है त्रिलोकीय शक्ति है ग्रह व्रह कुछ नहीं होते हैं अब एक एग्जाम्पल दे देते हैं किसी जिले के अगर आपको डीएम से काम होगा या यहाँ भारत के आपके राष्ट्रपति से कोई काम आपका है सबसे बड़ा पद होता है राष्ट्रपति का तो ये बताइए राष्ट्रपति जी आपको डायरेक्ट जानते हैं तो आप उनसे जाके डायरेक्ट अगर डायरेक्ट उनसे परिचय हम आपका बनवा दें तो आप डायरेक्ट जाके उनसे कुछ सलाह मशूरा हाथ पैर जोड़ करवा लीजिए अब आप क्या करेंगे आप उनके बाबुओं के थ्रू जाएँगे तो बाबुओ के थ्रू जाएंगे तो फिर दक्षिणा देते हुए देते देते देते देते पहुंचेंगे राजा के पास यही तो होता है भाई किसी अगर ऑफिस में कोई काम होता अगर आपको अधिकारी से मिलने तो आपका काम हो जाएगा नहीं मिल पाएंगे तो इधर उधर देते हुए पता चला वो काम भी आपका हो ना हो तो इन सब चीजों से बचना है डायरेक्ट वही परब्रम है उन्हीं के से आपका साक्षात्कार हो उन्हीं से आप मान मनोवल करिए ग्रह कुछ नहीं करते राहु केतु ठैया सनी रहिएगा इन सब चीजों से अफवाह केवल उड़ा रखे जो लोग अपना जेब भरने के लिए पॉकेट करने अच्छा इंग्लैंड से है टू हंड्रेड वन यूरो तो जोशी पढ़े है। लोग हमारे पास फोन करके बताते हैं कि जो है आशीष जी ऐसे, ऐसे ऐसे वो लोग कह रहे थे तमाम ऐसे है चलिए क्या कहना खैर उनकी वो जाने ईश्वर उनसे जो है हिसाब किताब करेगा ही दीजिए अपने जोशी को इजाजत मिलते हैं अपने नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार और हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए बगल में बना बेल आइकन जरूर दबा लीजिए सितंबर माह का कुछ राशिफल हमारा पढ़ा हुआ है वो जाके आप देख सकते हैं